दोस्तों आपको अक्षय कुमार की नई मूवी आ रही है रामसेतु क्या उसके बारे में पता है यस आपको पता होना चाहिए क्योंकि अक्षय कुमार की पृथ्वीराज जैसी बच्चन पांडे जैसी और रक्षाबंधन जैसी कई मूवी फ्लॉप जा चुकी है लेकिन जो रामसेतु पिक्चर है इसे देख के लगता है कि शायद ये फिर से उनका नाम ऊपर लाएगी क्योंकि इस पिक्चर के जो ट्रेलर डायलॉग वगैरह हैं और इसका पोस्टर भी देखा था मैंने उसमें लिखा था मे थॉ रियलिटी यानी किया तो इसमें कुछ झूठ या फिर सच्चाई या फिर दोनों भी हो सकते हैं और इसके ट्रेलर को देख के मुझे ये लग रहा है कि ये पिक्चर शायद इस बार कुछ नया करेगी धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये हमारे पुराने कल्चर को आगे ला रही है इसलिए ये पिक्चर तो मुझे बहुत पसंद आएगी क्योंकि मैं इसका ट्रेलर जो देखा मुझे बहुत अच्छा लगा पर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ लगातार ऐसे कंटेंट के लिए चाहे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा